क्या आप ऐसे जानदार को जानते हैं जो कभी नहीं मरता है जिसको आप कह सकते हैं कि दुनिया का वो वाद जानदार जो अमर है जिसको कभी मौत नहीं आती है जी हां आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं मैं हूं अफजाल दिलकश और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अफजाल दिलकश दुनिया में पाए जाने वाले जानदारों में हाइड्रा किसी अजूबे से कम नहीं है ये पानी में पाया जाता है आम तौर पर हाइड्रा हल्के और सफ़ेद रंग का होता है और ये नहायत बारीक और छोटे जिस्म का जानवर है लेकिन यह आमतौर पर रंगीन भी होता है अगर आप हाइड्रा के कई हिस्से भी कर दें छोटे छोटे टुकड़ों में भी बाट दें फिर भी उसकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता चाहे उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा हो कुदरत ने उसको ये सलाहियत अदा की है कि यह जिसम के किसी भी हिस्से को दोबारा पैदा कर सकता है और दोबारा पैदा करके ये जिंदा रहता है मिसाल के तौर पर अगर आप हाइड्रा के चार टुकड़े भी कर दे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में वो चारों टुकड़े अलग अलग हाइड्रा का शक्ल इख्तियार कर लेगा जिसने हाइड्रा को सबसे पहले खोजा है उसका नाम वो है जिसने उसे 18वीं सदी में देखा था और उसे पानी के पौधों में शुमार किया था लेकिन उसके बाद साइंसदानों ने उस पर तहकीक की खोज बिन किया लियोन हुक जिसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को बनाया है माइक्रोस्कोप के जरिए इस छोटे जानदार का अच्छी तरह से पता लगाया अच्छी तरह से मुशायदा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि पौधा नहीं है और उसने ये साबित किया कि हाइड्रा हकीकत में पानी का एक जानदार हैवान है जिसके शक्लो सूरत पौधों से मिलती जुलती है उसका नाम इब्राहिम नामी एक शख्स ने चौदह में रखा था उसने उसका सर काटा लेकिन कटा हुआ सर दोबारा पैदा हो गया और फिर उसने हाइड्रा को आठ हिस्सों में बांट दिया लेकिन हर हिस्सा बढ़ गया और पहले हाइड्रा की शक्ल में आ गया इस तरह वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इसके जिसम के हर हिस्से में यह खसूसियत मौजूद है और ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह यूनानियों के देवता हाइड्रा का एक हिस्सा जब हर्कुलिस ने काटा तो उसकी जगह दूसरा हिस्सा निकल आया इस तरह इब्राहिम ने उस जानवर का नाम हाइड्रा रखा हाँ ये ज़रूर है कि हाइड्रा बगैर पानी के नहीं रह सकता उसकी शकल नली के जैसे होती है जिसका एक सिरा ज़मीन या पानी में मौजूद किसी भी चीज़ से चिपका हुआ होता है जबकि ऊपरी हिस्सा गलाई में रेश धागे की तरह होता है जिसको टेंटिकल्स कहते हैं यही उसके पैर हैं जिसकी मदद से हाइड्रा अपना खाना ढूंढता है और तलाश करता है और ज़रूरत के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह भी वो उसी की मदद से जाता है ज़्यादातर हाइड्रा अपने रेशेदार पाँव को फैलाए हुए अपने शिकार यानी छोटे कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ खींचते हैं लेकिन उन्हें खुराक मिले या ना मिले काफ़ी अरसे तक ये एक जगह चिपके रहते हैं लेकिन उन्हें खुराक न मिले तो उनका ज़िंदा रहना कैसे मुमकिन हो सकता है आप सोच सकते हैं होता यह है कि आसपास के इलाके में जब खुराक की कमी हो जाती है खाने की कमी होती है तो हाइड्रा को ज़ा हासिल करने के लिए खाना को ढूंढने के लिए वो काफ़ी कोशिश करता है लेकिन कामयाबी न मिलने पर वो अपने सर का वो हिस्सा जहां रेशेदार धागे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ़ ले जाता है और ऐसा कई बार करता है जब तक हाइड्रा को कोई पसंद की चीज़ नहीं मिल जाती वो ऐसा ही करता रहता है आपको शायद यकीन ना आए लेकिन हाइड्रा के रेशेदार धागों से जैसे ही कोई बहुत छोटा कीड़ा जाकर टकराता है उसके जिसम के अंदर पाए जाने वाले कुछ ख़ास सेल्स में जहरीले मादे होते हैं उन सेल्स की जद में आया हुआ जानदार बच नहीं पाता और वो हाइड्रा का शिकार हो जाता है और उसी वक्त हाइड्रा के रेशेदार धागे फ़ौर उस जानवर को अपनी गिरफ्त में अपनी पकड़ में लेकर मुँह में धकेल देते हैं जिसके बाद हाइड्रा का मुँह आहिस्ता आहिस्ता शिकार को निकलने लगता है जैसे जैसे खुराक हजम होती है हाइड्रा का जिसम सिकड़ता है जिससे जिस्म के अंदर मौजूद खाना दबाव के वजह से दबता है और वो मुंह के जरिया बाहर निकल जाता है इस तरह हाइड्रा मुंह से निकलने और गैर ज़रूरी चीज़ों को निकालने का काम दोनों काम एक तरह से करता है साइंसदानों का ख्याल है कि ग्लोटाथायोन नामी केमिया उसके मुँह के खोलने में मददगार है कभी कभी उसका मुंह ज़रूरत से ज़्यादा खुल जाता है जिसके नतीजे में उसकी मौत भी हो जाती है वरना यकीन कीजिए हाइड्रा लाफानी चीज़ है यानी वो ऐसा जानदार है जिसको कभी मौत नहीं आती है क्योंकि उसके जिस्म की बनावट जिस अंदाज में होती है वो इस बात का सबूत है उसके जिसम में सेल्स तेजी से अलग होते हैं और नए सेल्स जिसम में पैदा होते रहते हैं यहां तक कि पुराने सेल्स ज़ाय और बर्बाद होकर ख़त्म हो जाते हैं जब हाइड्रा जल्दी में होता है तो तेज़ी के साथ उल्टा पलटता हुआ आगे बढ़ता है इस तरह उसकी रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है हाइड्रा गर्मी के दिनों में अपना खानदान बढ़ाता है जब ये बहुत बड़ी हो जाती है तो बड़े हाइड्रा से अलग होकर किसी दूसरी जगह चिपक जाती है और नया हाइड्रा बन जाता है हाइड्रा के इस कदर छोटे होने पर भी जब उसके सब हिस्से नहीं होते उसके बावजूद जिसम के अंदर कई और काम होते रहते हैं अभी साइंस साइंसदान हाइड्रा के बारे में कुछ और राजों को जानना चाहते हैं क्योंकि ये वो जानदार है जो कभी पौधा समझा गया और कभी हैवान समझा गया जब हाइड्रा के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी तो कुदरत के और कई राजों से पर्दा हट जाएगा और हमें कुदरत के कई अनोखे राज को जानने का मौका मिलेगा आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जब तक के लिए अलविदा